हेलो गाइज क्या आप जानते हैं कि विश्व में कितने यूट्यूबर्स हैं और कितने गेमिंग यूट्यूबर्स हैं नहीं जानते हैं तो मैं किस लिए हूँ जानने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो विश्व में कुल इक्यावन मिलियन यूट्यूबर्स हैं जिनमें चार सौ तैंतालीस गेमिंग यूट्यूबर्स हैं